उज्जैन में दक्षिणी फिल्मों व टीवी की दुनिया के मशहूर अभिनेता अनुप सिंह महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता पहले आरती में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए महाकाल से आशीर्वाद लिया महाकाल की महिला चारों और फैली है दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए आते हैं इसी महिमा के चलते दक्षिणी फिल्म व टीवी की दुनिया के प्रसिद्ध अभिनेता अनूप सिंह ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया अनूप सिंह ने बताया की वो पहली बार भस्मारती में शामिल हुए हैं वो लॉकडाउन के दौरान आए थे लेकिन भस्मारती में शामिल नहीं हो पाए अनूप ने अपनी पहली हिंदी फिल्म को लेकर बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा आपको बता दें अनुप ने महाभारत चंद्रगुप्त मौर्य अकबर बीरबल सीआईडी जैसे प्रमुख टीवी शो में काम किया है वहीं खिलाड़ी एस ना पेरू सूर्या जैसी दक्षिणी फिल्मों में एक्टिंग भी की है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मतलब